इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 जनवरी दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सिर्फ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर उन्नीस को भारत की राजभाषा हिंदी को अपनाया गया था अगर आपसे पूछा जाता है 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है तो याद रखिएगा कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर उन्नीस को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था और अगर आपसे पूछा जाता है 22 मार्च को क्या मनाया जाता है तो याद रखिएगा कि विश्व विश्व जल दिवस जो है वो बाईस मार्च को मनाया जाता है अगला क्वेश्चन भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक सेब का उत्पादक है ऑप्शन आपके सामने गुजरात ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन डी केरल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश दोस्तों भारत में सबसे अधिक शेप का उत्पादन वाला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है अगर आपसे पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक दाल या फिर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक सोयाबीन की खेती कहाँ पर होती है तो मध्य प्रदेश में होती है अगला क्वेश्चन चिल्का झील कहाँ अवस्थित है ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा ऑप्शन बी महाराष्ट्र ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा दोस्तों तो चिलका झील उड़ीसा में है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन इनमें से किससे पद से हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है ऑप्शन आपके सामने है राज्यपाल ऑप्शन बी मुख्यमंत्री ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल दोस्तों तो तो तो राज्यपाल के महाभियोग का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान में नहीं है राष्ट्रपति जब तक चाहे इनको इनके पद पर रख सकते हैं तो याद रखिएगा कि इसमें महाभियोग का प्रावधान जो है वो राज्यपाल पर नहीं है या फिर राज्यपाल को राज्यपाल का, का कि कार्यकाल कितने साल का होगा ये भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है तो पाँच साल का होता है अगला क्वेश्चन सुपीरियर झील किस महाद्वीप पर है ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी ऑप्शन की सबसे मीठे पाने वाली झील कौन सी है तो आप कहेंगे सुपीरियर झील है और ये कहाँ पर है तो उत्तरी अमेरिका में है अगला क्वेश्चन इनमें से किस महासागर का आकार अंग्रेजी वर्ण एस आकार का है ऑप्शन आपके सामने है प्रशांत महासागर ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है यस आकार का महाद्वीप का आकार किस महाद्वीप का है तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर का है अगर आपसे पूछा जाता है अंध महासागर किस महासागर को कहा जाता है तो अटलांटिक महासागर को कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो प्रशांत महासागर है अगर आपसे पूछा जाता है अर्ध महासागर किसे कहा जाता है तो हिंद महासागर को कहा जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है तो अंटार्कटिक महासागर को कहा जाता है अगला क्वेश्चन जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है ऑप्शन आपके सामने माइक्रोप्लाज्मा ऑप्शन बी पादप कोशिका ऑप्शन सी जंतु कोशिका या फिर ऑप्शन डी श्रुतु का अंडा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का अंडा दोस्तों तो याद रखिएगा कि जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो मुर्ग का अंडा है और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो माइकोप्लाज्मा है अगला क्वेश्चन रेंडियर प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं ऑप्शन आपके सामने है, सवाना ऑप्शन बी टुंड्रा ऑप्शन सी टेगा या ऑप्शन डी अंटार्कटिका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टुंड्रा दोस्तों तो पृथ्वी की अगर कर बात करें तो पृथ्वी में जो साठ से लगभग उसके आसपास के जितने भी अक्षांश हैं वहाँ पर टुंड्रा टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है उसे टुंड्रा कहा जाता है और यहाँ में प्रमुख रूप से जो जानवर पाया जाता है उसे रेंडियार कहा जाता है और यहाँ के जो निवासी है वो एग्जिमो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं एग्जीमो कहलाते हैं अगला क्वेश्चन बालीद्वीप कहाँ स्थित है ऑप्शन आपके सामने मॉरिशस ऑप्शन बी इंडोनेशिया ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी जापान इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया दोस्तों बाली बालीद्वीप इंडोनेशिया में है अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो आप कहेंगे ग्रीनलैंड है और अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया है इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है ऑप्शन आपके सामने कुल्लू घाटी ऑप्शन बी शांत घाटी ऑप्शन सी पूर्वी घाट या फिर ऑप्शन डी लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शांत घाटी दोस्तों भारत में सबसे अधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है और अगर आपसे पूछा जाता है शांत घाटी कहां पर है तो केरल में है अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा उत्सव मिजोरम में मनाया जाता है ऑप्शन आपके सामने कंबाला ऑप्शन बी जल्लूकट्टू ऑप्शन सी सर या फिर ऑप्शन डी चपचारकोट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चपचारकोट दोस्तों तो चपचार कुप महोत्सव जो कि मिजोरम में मनाया जाता, जाता, मना जाता, तो मना जाता है अगर आपसे पूछा जाता है कंबाला कहाँ पर मनाया जाता है तो कर्नाटक में मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाता है जल्ली गट्टू कहाँ पर मनाया जाता है तो तमिलनाडु में मनाया जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो झारखंड में मनाया जाता है अगला क्वेश्चन इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है ऑप्शन आपके सामने है राज्यपाल ऑप्शन बी महान्यायवादी ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों तो याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष और लो, लोकसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती जबकि राज्यपाल महान्यावादी और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा